कर को को को पर तेरे जो भाई भाई नहीं करते जाओगे पहले पहले इसे देखो क्रिंज रील को। भाई। कच्चे अरे भाई पहले अपने एज तो देख से ना खेलू, ऐसे होली और आपने एक चीज नोटिस की ऐसे ऐसे बहुत है। तुने तुने भाई इतना क्रिंज रील्स बनाना अवॉइड करो और वीडियो को लाइक करो धन्यवाद